हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप लो? आप लोग लोग आई होप अच्छे होंगे आपके लिए आज मैंने एक पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब लेकर आया हूँ जिसके तहत आप अपना टाइम पास करते हुए टाइम वेस्ट करते हुए या किसी के साथ आप चैटिंग करते हो उस टाइम भी आप पैसे अर्न कर सकते हो दोस्तों वो भी सिर्फ सिंपल आसान वेद से आप जब WhatsApp चलाते हो उसके तहत दी हाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप WhatsApp के तहत आप पैसे अर्न कर सकते हो आप जब किसी के साथ चैटिंग करते हो या किसी के साथ बात करते हो आप घंटों घंटों बात करते हो उस टाइम पे आप पैसे कमा सकते हो दोस्तों आज लाखों लोग इसका इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं दोस्तों जिसको पता है वो सब आजकल पैसे कमा रहे हैं दोस्तों पैसे कमाने के बहुत से रास्ते हैं बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप फुल टाइम पार्ट टाइम वर्क करके पैसे कमा सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप व्हाट्सएप करके कैसे पैसे कमा सकते हैं को नहीं किया है, तो, तो चलिए शुरू करते हैं आज कि कैसे आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके सुविधा के लिए दे रखा है या चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप का नाम है मिंट्रो ऐप जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसका होम पेज इस प्रकार से कुछ खुल कर आ जाएगा आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फोर डिजिट का ओ आ जाएगा ओ आने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर विगनर जीरो टू वन इयर्स और एक्सपीरियंस्ड वन टू थ्री इयर्स और प्रोफेशनल थ्री प्लस ईयर्स दिया हुआ है अगर प्रोफेशनल है तो थ्री प्लस ईयर्स पर आप क्लिक करेंगे अगर आप विगनर हैं आपको इंश्योरेंस में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या जीरो से एक साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है या सीखना चाहते हैं तो आप बिगनर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको अभी बिगनर पे ही क्लिक करना है अगर आप विगनर है तो उसके बाद आपको यहां पे अपना फुल नेम ईमेल आईडी और उसके बाद यहां पे आपको अपना इस लॉन्ग्वेज सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट लॉन्ग्वेज पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी और लॉन्ग्वेज सेलेक्ट करके आपको क्रिएट इन अकाउंट पर क्लिक करना है क्रिएट इन क्रिएट इन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका होम पेज आ जाएगा सिम्पली आपको पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पे सेटअप करना है अकाउंट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पार्टनर आईडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल फ़ोटो डालना है आप अनमेरिड या मेरिड ये, ये सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देना है आप किसी फैमिली दोस्त या अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद अल्टरनेटिव मोबाइल डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना होगा आप सिंपली यहाँ से कैमरा से क्लिक करके भी इसे डाल सकते हैं अगर आपने गैलरी में क्लिक करके रखा हुआ है तो गैलरी से आप चूज कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपने पैन कार्ड का फर्स्ट इन फ्रंट यहाँ पे अपलोड कर दिया है उसके बाद पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है इस तरह से आपको पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डिटेल्स एजुकेशन डिटेल्स बिजनेस इंफॉर्मेशन डाल करके आपको अपना अकाउंट यहाँ पर सेटअप कर लेना है अकाउंट सेटअप करने के बाद आपका प्रोफेशनल डिटेल्स यहां पे आ जाएगा जैसे कि आपका नाम क्या है ईमेल आईडी क्या है मोबाइल नंबर क्या है पार्टनर आई क्या है ये सब आपको यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको सिम्पली यहाँ पर क्या करना है आपको ग्रो के बटन पे क्लिक करना है ग्रो पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर दिए हुए हैं जिसे आपको सी एन मोर पे क्लिक करना है सी मोर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इसका पोस्टर आ जाएगा जिससे आप सोशल मीडिया या फेसबुक या व्हाट्सअप के जरिए शेयर करके यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसे शेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस यहाँ पे आपका नाम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ गया है आपका प्रोफाइल भी यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट मी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस अगर आपके थ्रू ये व्यक्ति यहाँ पे इंश्योरेंस करवाता है तो आपको यहाँ पे सात परसेंट आठ परसेंट के हिसाब से आपको कमीशन मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं कमीशन लिस्ट के बारे में अब बात कर लेते हैं इनकम की कि आप इससे कितने पैसे कमा सकते हैं तो इससे आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महीने में कितने इनकम कर लेंगे एक दिन में कितने इनकम करेंगे इसमें आपको कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है इसमें फ्लेक्सीबल टाइमिंग है आप जब चाहे तब इस काम को कर सकते हैं आप खुद के यहां पे बॉस हो सकते हैं उसके बाद मैं बता दूँ आपको कि आप रिटायरमेंट के एज के बाद भी आप इस काम को कर सकते हैं यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं दी गई है जिसे आप कर सकते हैं आप जो भी पॉलिसी सेल करते हैं उसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर आपको कमीशन मिलता है अगर कोई पॉलिसी को रिन्यूअल कराता है तो आपको उस पर भी कमीशन मिलता है इसके अलावा आपको रिवार्ड्स भी मिलते हैं कमीशन स्ट्रक्चर आप इस पेज पे देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका कमीशन इस्टचर है अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि अगर आप मिस्टर ए को टर्म लाइफ इंश्योरेंस अगर आप यहां पे सेल करते हैं जिसका प्रीमियम अमाउंट चौदह हज़ार रुपये है यानी कि फोर्टीन हंड्रेड रुपये तो आपको 30 परसेंट यहाँ पर आपका कमीशन मिलेगा यानी कि आपको चार हजार दो सौ पे आपको कमीशन हो जाएंगे अगर आप चौदह हजार रुपये की प्रीमियम अमाउंट की पॉलिसी करते हैं तो उसके बाद बात कर लेते हैं मिस्टर बी के बारे में मिस्टर बी यहाँ पे एग्जाम्पल है अगर आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं जिसका प्रीमियम अमाउंट बारह हजार रुपये है तो आपको यहाँ पे 15 परसेंट रुपये मिलेंगे जिसका इंडियन रुपीज में आपको अठारह सौ आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा उसके बाद बात करते हैं मिस्टर सी कार इंश्योरेंस के बारे में अगर आप तेरह हजार का प्रीमियम अमाउंट करते हैं तो उस पर आपको 15 परसेंट का कमीशन मिलता है जिससे कि उन्नीस आपके कमीशन बनते हैं उसके बाद बात करते हैं मिस्टर डी के बारे में अगर बाइक इंश्योरेंस आप उनका करते हैं तो पच्चीस सौ के बाइक इंश्योरेंस में आपको 17.5 पॉइंट फाइव परसेंट का कमीशन आपको यहाँ पे चार सौ मिलते हैं मान लेते हैं अगर आपने इन चारों पॉलिसी को सेल किया मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी और मिस्टर डी पॉलिसी को जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, है कार इंश्योरेंस है बाइक इंश्योरेंस है अगर इन चारों पॉलिसियों को आप सेल कर सकते हैं अगर आप करते हैं इसको तो आठ आपके कमीशन बनते हैं जो कि कोई यहाँ पे आपको ज्यादा काम नहीं करना है कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं करना है सिर्फ आपको यहाँ पे अपने पॉलिसी यहाँ पे आपको सेल करना है जिसके तहत आप कमा सकते हैं व्हाट्सअप पे, पे आपको कभी भी किसी टाइम शेयर कर देना है अगर वो व्यक्ति आपके इस शेयर की हुए लिंक से पॉलिसी करवाता है तो आपको यहाँ पे आपका कमीशन मिलता है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ